हेलो नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मुकेश परसवाल आप देख रहे हैं राजस्थानी छोरा चैनल और आज हम बताने जा रहे हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 के बारे में जिसका रिज़ल्ट अभी आने वाला है सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि 2021 की जनवरी में लास्ट वीक के अंदर इसका रिज़ल्ट आने के चांसेज बन रहे हैं तो आप ये पत्रिका में न्यूज़ आई है इसको आप देख सकते हैं और जैसे ही राजस्थान पुलिस का रिजल्ट आता है तो सबसे पहले हमें इसी चैनल पे इसकी जानकारी मिलेगी तो आप सभी भाइयों से निवेदन है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो आपको कैसा लगा अच्छा लगा तो लाइक करें अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करें कमेंट ज़रूर करें आपके कहाँ से कितने नंबर बन रहे हैं ज़रूर बताएं और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं फिफ्थ आरएसी एस बटालियन जयपुर के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है उसका लिंक दे रहा हूँ सभी भाइयों से निवेदन है कि वो कमेंट करें और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो टेलीग्राम लिंक भी मैं इसके नीचे दे देता हूँ तो धन्यवाद दोस्तों ठीक है फिर मिलते हैं बहुत जल्द